के तेरा साया मैं को थाम उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लू तेरी उंगली पकड़ के चला के जन्म में